जनपद जौनपुर के थाना बदलापुर अंतर्गत आर्यन क्लिनिक है जिसके डॉक्टर हैं सचिन कुमार इनसे 17 जून को मोबाइल नंबर नाइन ज़ीरो इससे फ़ोन आया कि आपके घर के सामने ही फौजदार प्रजापति की हत्या हो चुकी है वैसे आपकी भी हत्या हो सकती है तो इसलिए अगर बचना है तो तीन लाख रुपये की व्यवस्था कर लीजिए पहले डॉक्टर साहब जो गंभीरता से नहीं लिया लेकिन जब पुनः 20 तारीख को फोन आया कि पैसे की व्यवस्था हो गई है तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया इस पर तत्काल उचित धाराओं में व्यू पंजीकृत करते हुए ये सोची टीम सर्विलांस और थानाध्यक्ष बदलापुर की संयुक्त टीम लगाई गई इसी बीच पुनः 22 तारीख को थाना सिगरा अंतर्गत भरैया के प्रधान रामनाथ यादव को भी उसी फोन से फोन आया कि तुमको और तुम्हारे बेटे को यदि बचना है तो पाँच लाख रुपए की व्यवस्था कर लीजिए इस सूचना पर सिगरा में भी तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और संयुक्त टीम इन अपराधियों की तलाश कर रही थी आज बीती रात को लगभग दो बजे के आसपास घनश्यामपुर मोड़ पर नेशनल हाईवे की पुलिया के नीचे दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से एक ने अपना नाम शैलेंद्र यादव शनाब विजय बहादुर निवासी बर्रैया और दूसरे ने अपना नाम अंकित यादव सनाब रामशंकर नगहरा बताया और इन्होंने बताया कि हमने प्रशांत यादव निवासी बर्रैया के साथ मिलकर के डॉक्टर को और बरैया के ग्राम प्रधान रामनाथ यादव को पैसे की मांग करते हुए फ़ोन किया था पूछताछ करने के बाद शैलेंद्र यादव ने बताया कि मोबाइल को हमने खजुरन मोड़ पर छुपा के रखा है जिससे फ़ोन किया था हम चल करके दे सकते हैं उस पर विश्वास करते हुए फोन बरामदगी करने के लिए एसएचओ एच ओ विनोद मिश्रा और एसएचओ एच ओ मदलापुर उपाध्याय में टीम के मौके पर पहुंचे तो इसने वहां पर एक पिलर के पास से मोबाइल को निकाल करके उप निरीक्षक राजेश यादव के हाथ में थमाते हुए और तो दूसरे हाथ से उनकी पिस्टल लेकर के भागने लगा और उसने फायर किया उस फायर से बचने के लिए विनोद मिश्रा थाना प्रभारी निरीक्षक शिगराम गिर गए जिससे उनकी हाथ में चोट आई अपने बचाव में थानाध्यक्ष बदलापुर पौन उपाध्याय के द्वारा फायर किया गया जो कि शैलेंद्र के दाहिने पैर में लगा घायल होकर गिर गया उसको बदलापुर में फर्स्ट एड दिलाने के बाद चिकित्सालय जौनपुर के लिए रिफर कर दिया गया है और इस प्रकार से दो अच्छे अपराधियों को हमारी टीम द्वारा पकड़ा गया है पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी पूरीपुर प्रशंसा करते हुए पूरी टीम को पुरस्तित करने की घोषणा की है